कुछ तजुबा नहीं है लेकिन नौ साल में जो सीखा कोशिश करता हूँ तो टीचर में बच्चे से पूछा, बड़ा कितने हो जाएंगे उसने बोला मैडम टीचर को समझ नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन गलत है या लड़का को गलत चुन लिया से दू और एक और दे दो तो कितने हो जाएंगे उसने बोला मैडम चार टीचर ने बोला तू अजी बात नहीं है इतना छोटा सा सवाल है होनहार बच्चा है तो फिर से सुन ध्यान से सुन मन लगा के सुन इफ आई गिव यू वन एप्पल वन मोर एप्पल वन मोर एप्पल कितना हो जाएगा बोला मैडम चार अब टीचर ने बोला तो शायद समझने में दिक्कत हो रही है। उसने बोला बेटा अगर मैं एक संतरा दे दूं एक और दे दूं एक और दे दूं दू, तो कितना हो जाएगा बोला तीन बोला तो फिर कहा अगर मैं एक सेब दे दू एक और दे दू एक और दे दू तो कितना बोला चार <coughs> टीचर का दिमाग घूमना था उसने बोला अगर एक संतरा एक और संतरा होता है जवाब देने वाला भी ठीक होता है बात समझ में किसी को नहीं आती तो आई जब आदमी लाख रुपए के आसपास कमाने लग जाता तो है जा हमें सब पता। पहला होता है दूसरा हमने दुनिया तीसरा डायलॉग अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा अरे लेटेस्ट हमारे बाल यू ही मुझे मजा आएगा मेरे 15 मिनट आपको भी बहुत आनंद आने वाला है तो ये चार पाँच पेटेंटी डायलॉग उसके बाद आ जाते हैं जब वो लाख पचास हजार दो लाख रुपये कमाना शुरू कर देता है लेकिन माई डर फ्रेंड दुनिया बहुत बड़ी होती है जो कमाई आपके लिए बहुत बड़ी होगी हो सकता है होटल का बिल हो किसी आदमी का एक बार ऐसा भी हो सकता है जो आप महीने में कमाते हो लोग क्लिक छोड़ देते हैं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और आपने की मैटर नहीं कुएं के बेटक से अगर पूछा जाए कि समुद्र कैसा होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा समझाना क्योंकि वो कभी जिंदगी में कुए से बाहर निकल निकला नहीं समुद्र का गलती से कुए में चला गया उसने कुएं के बेटकों से पूछा कहां रहते हो यार छोटी सी जगह खुल के पानी में चलो समुद्र में चलते हैं वहां नहाएंगे वहां नहा बताएंगे तो कुएं के मेटक ने समुद्र जिंदगी में नाम पहली बार सुना था उसने कहा समुद्र कौन से कुएं का नाम है वहां से नए कु में ले जाना चाहता है उसने बोला बेवकूफ आदमी कुआं नहीं समुद्र अता जल होता है बाद पानी होता है खुल के नहाएंगे यहाँ कहाँ रहते तो कुएं का मेटक पढ़ा लिखा हो जाता हमारी तरह उसने कहा कितना बड़ा पानी होता है उसने बोला यार बहुत होता है explain? तो कुएं का मैडक ने एक खुद की मारी उसने बोला इतना होता है कितना बुदा क्यों बेटा बहुत पानी होता है क्या बोला उसने दूसरी बुद्ध की मारी होता है तीसरी खुद मारी तो कुएं तो की दीवार पर टकरा गया उसने बोला अब इससे और क्या बड़ा होता होने जगह सबसे सच है सच्ची बात तो यह है कि वो अपनी जगह वो कभी बाहर निकला नहीं उसको से आकाश भी उतना ही नजर आता है जितना कुएं की आकृति है उसको आसमान भी बड़ा नहीं दिखाई दे सकता उसको ही दिखेगा जितना ही तो साढ़े नौ साल का मेरा तजुर्बा कहता है कि दुनिया में समझदार लोग पैसे नहीं कमाते सर साढ़े नौ साल का मेरा तजुर्बा कहता है कि दुनिया में बेवकूफ लोगों ने राज किया है और दिक्कत यह है किसेंट भारतीय समयदार समझते हैं इसलिए बेकार होती है कोई आदमी अपने आप को बेवकूफ कहलाता ना पसंद नहीं करता है, कोई आदमी अपने आप को थप्पड़ नहीं मारता शीशे के सामने वो तो दुनिया को गाली दे सकता है अपने आप को दुनिया में कोई गाली नहीं देता तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अगले 15 मिनट में थोड़े से बेवकूफ बन जाए कि दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं क्रांतिकारी काम हुए हैं सब बेवकूफों ने किए पीछे समाजवादी आदमी के बस का एक्सपेरिमेंट करना ही होता है उदाहरण 10000 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ तो लाइट बनी थॉमस एडिसन 10000 टाइम्स 10000 टाइम्स समाजवादी आदमी के बस का नहीं हो चौथी बार में क्या हटा साल साल लगे राइट को जहाज बनाने में इट टेक्स 16 लॉन्ग साइकिल की थे थे, की दुकान दुकान पंचर लगाते थे दोनों भाई पीछे छह महीना काम करते रहेंगे, रहेंगे तो समझदारी देता हूँ आपको मिनट थोड़े से मूर्ख बन जाए पैसे बहुत आएंगे